आपके हृदय में विराजमान भय भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं पांडे आज आ, आप सभी दर्शकों के समक्ष ज्योतिष से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं दर्शकों जॉब बिजनेस या आपकी जो नौकरी है इनमें प्रमोशन के लिए चूंकि मार्च और अप्रैल का मंथ पास आ रहा है महीना पास आ रहा है तो प्रमोशन के लिए तरक्की के लिए इंक्रीमेंट के लिए ज्योतिष में क्या ऐसे उपाय हैं जिनको आप कर लें और उससे आपके काम बन जाएँ क्योंकि तमाम हमारे जो श्रोतागढ़ हैं इन लोगों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी आ, क्या कहते हैं प्रमोशंस के लिए अभी तक कोई उपाय हमें बेहतर नहीं मिले हैं तो इसी विषय पर आज चर्चा रहेगी अमूमन आप लोग देखते होंगे कि आज के दौर में आपसे जो जूनियर होता है वो ऊपर तक आप पहुँच जाते हैं काम आप लोग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है उसका लाभ नहीं मिलता है तो क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है तो इस पर कभी आप लोग विचार करिएगा हो सकता है कि जो आपके जूनियर हैं उनके प्लैनेट्स आपसे ज़्यादा जो है मजबूत स्थिति में हों दर्शकों ये जो उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को करके आप अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं इन उपायों को करके आप आसानी से प्रमोशन पा सकते हैं बस यही है ना कि कोई भी काम करिएगा तो श्रद्धापूर्वक करिएगा दर्शकों आज का दौर कंपटीशन का देखिए दौर है जहां पर हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है ऐसे में कार्यस्थल पर ये जो है क्या कहते हैं कंपटीशन और आ, क्या कहते हैं ऐसे में कार्यस्थल पर कंपटीशन और अधिक बढ़ जाता है जब बात अप्रेजल और इंक्रीमेंट की आती है तो जितनी एक कर्मचारी के लिए उसकी सैलरी महत्वपूर्ण होती है उतना ही उसका अप्रेजल भी बहुत जरूरी होता है आम तौर पर कंपनियां मार्च और अप्रैल को अप्रेजल का सीजन कहती है इस महीने में ही प्रमोशंस यानी कि आपको तरक्की और इंक्रीमेंट जी हाँ सैलरी में वृद्धि ये होती है वही कई बार लोग साल भर कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनका नहीं होता है ऐसे में उनका मनोबल टूट सा जाता जाहिर सी बात है दर्शकों आप लोग मेहनत करेंगे और आपको उसका जो है पारितोषक नहीं मिलेगा तो मनोबल टूटेगा ही यदि आपको भी लगातार मेहनत के बाद प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको अपना करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं दर्शकों यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रहों का दोष होता है तो उसे नौकरी में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है इसमें तो कोई बट हई नहीं है इसके निवारण के लिए जातक को चाहिए कि घर पर माह में एक बार नवग्रह हवन या मंदिर में जाकर के नवग्रह का अभिषेक या हवन पूजन करें तो इससे होता क्या है कि नौ जो ग्रह होते हैं इनके दोषों से मुक्ति मिलती है और ख़ास करके राहु केतु के प्रभाव में भी कमी देखने को मिलती है दर्शकों यदि आपका भी प्रमोशन नहीं हो रहा है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से नौकरी में प्रमोशन संबंधी तथा नौकरी में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं तो दर्शकों शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक आप सभी लोग जाकर के शनि मंदिर में जरूर जला जो है आया करिए यदि आप बिजनेस मैन दर्शकों और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है तो आपको दर्शकों यहां पर बताना चाहेंगे कि व्यापार वृद्धि का जो यंत्र है अब यंत्र क्या होता है इस बात को पहले समझिए यंत्र को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी भी जो है मतलब चीज़ों के पैमाने को नापा जाता है अब हम लोग जब जो है मतलब हाईस्कूल इंटर में थे तो वन ईयर चलता था आप भी जब जाते होंगे आ, कभी ब्लड टेस्ट कराते होंगे तो जहाँ पर इसकी जांच होती होगी तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है उसी से आपको जो है पूर्वक जो रिपोर्ट आती है वो आपको प्राप्त होती है आप इस मोबाइल पे वीडियो को देख रही है क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का यंत्र है हर एक चीज के माध्यम से आप अब जुड़े हुए यंत्रों के माध्यम से तो ऐसे में व्यापार वृद्धिदायक यंत्र को यदि आप अपने व्यापार स्थल पर स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ेगा इस यंत्र को स्थापित करने से आपको धन लाभ होगा और आर्थिक हानि का जो बिजनेस में संकट और भय बना रहता है ये दूर होगा ही होगा इतना ही नहीं दर्शकों एक बात और बता दें कि नए नए कस्टमर आपके बनेंगे तो इसको आप लोग स्थापित कर सकते हैं पूजा पाठ करा करके तब आप लोग स्थापित करिएगा यदि आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद प्रमोशन नहीं मिल रही है तो अभी ये उपाय आप लोग करिएगा देखिये करना क्या है सुबह सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और अर्घ के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना है साथ ही साथ जल में थोड़ा सा गंगा जल और जो लाल मिर्च होती है इसके जो बीज अंदर होते हैं वाइट कलर के इसको आपको जो है सात लाल मिर्च के दाने सात लाल मिर्च के बीज ये जल में डालने हैं और उसके बाद आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना है अर्घ देने के उपरांत भगवान भास्कर के समक्ष बैठकर ही एक बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिएगा ये उपाय दर्शकों आप करिए और हम आपसे वादा करते हैं कि इन उपाय को करने के बाद आपको कोई परेशानी आएगी नहीं आपको प्रमोशन मिलेगी ही मिलेगी यदि आप अप्रेजल की इच्छा रखते हैं तो आपको रोजाना पक्षियों को मिश्रित अनाज जरूर खिलाना चाहिए आपको दर्शकों सत अनाजा का हमारे यहाँ विधान चलता है तो सात प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाइए और पंछियों को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए देखिए सात प्रकार के अनाज में गेहूँ हो गया ज्वार हो गया मक्का हो गया बाजरा हो गया चावल हो गया और जो दाल होती हैं चाहे चने की दाल हो चाहे रहर की दाल हो इनको आप लोग शामिल कर सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे यदि किसी जातक को प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो गुरुवार थर्स्ट के दिन किसी मंदिर में जाना है और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए पीली वस्तुएं क्या होती है तो सवा मीटर आप लोग पीला कपड़ा ले लीजिए साथ ही साथ हल्दी ले लीजिए आप लोग हल्दी की गाठ वाली हल्दी और दर्शकों को एक बात बताएं कि चने की दाल सवा किलो आप लोग ले सकते हैं साथ ही साथ आप जो है कोई धार्मिक पुस्तक ले सकते हैं और इन सब वस्तुओं का दान आप लोग चाहिए और वहाँ पर जो पुजारी होते हैं मूमन देखा जाता है व्रत पुजारी होते हैं उनको आप लोग दान करिए साथ ही साथ यदि जो है मतलब प्रत्येक प्रातः काल आप लोग नंगे पर घास पर चलने का विधान बना लीजिए तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा अतिशीघ्र मिलेगा इसमें तो कोई शंका है ही नहीं है दर्शकों देखिए इतने उपाय बता रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेलाइकन दबाइए यदि आप अप्रेजल चाहते हैं दर्शकों तो घर में हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर को आपको लगाना रहेगा और उनकी पूजा आपको करनी होगी प्रत्येक मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाड़ और सुंदरकांड का पाठ आप लोगों को करना ही करना होगा लाख प्रयास के बाद दर्शकों यदि आपको ना अप्रेजल मिल रहा है ना नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है ना सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है ना ही आपको जो है मतलब नौकरी आपने क्विट कर दी और दूसरी जॉब नहीं मिल रही है तो करना क्या रहेगा ये उपाय बहुत ही खास है मीठे पान का एक बीड़ा अर्थात मीठा पान आप लोगों को हनुमान जी को चढ़ाना रहेगा हर मंगलवार और हर रविवार को यदि आप हर मंगलवार और हर रविवार को मीठा पान हनुमान जी को चाहते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों आप लोगों को नई नौकरी नया रोजगार और प्रमोशन ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है दर्शकों यदि आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं और नौकरी की इच्छा रखते हैं चाहते हैं कि आपके जो है परिवार का भरण पोषण हो अच्छे से चले तो सुंदरकांड की एक हम आपको जो है चौपाई बता रहे हैं इसका आप लोग पाठ कर लीजिएगा संफुट लगा करके विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई यदि इस सम्फुट का आप लोग प्रयोग करते हैं सुंदरकांड को पढ़ने में तो निश्चित रूप से आप भरत के समान भरण पोषण करने वाले हो जाएंगे ताकर नाम भरत असोई तो आपका भी नाम भरत के समान ही होगा उनके जैसा तो नहीं हो सकता किसी का भी नाम लेकिन आप ये है कि उनके पैर की एक रज बराबर आ सकते हैं ये उपाय दर्शकों आप लोग करिए निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी इस चीज़ की गारंटी है और यदि आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही फेस हो रही हैं स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर आप प्रोसेस पूछ सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों हमसे आप अपने शहर में मिल सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा तमाम दर्शकों के ही जो है क्वेश्चन थे कि पंडित जी मार्च और अप्रैल का महीना आ रहा है और इसमें प्रमोशन्स हम लोगों के दें हैं तो क्या उपाय करें तो आप लोग इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में आप लोग आनंद ला सकते हैं साथ ही साथ आप लोग अपनी कुंडली का भी एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा क्योंकि जो जेम होंगे जो यंत्र होंगे इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं उन सब चीज़ों का प्रयोग आपको बताएँगे कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार